आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पॉन्स वाइट ब्यूटी फेस वॉश के बारे में तो ये आपको किसी भी स्टोर जैसे कि कॉस्टमेटिक स्टोर या जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डायजोरियम ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे साथ ही बेलाइकन को प्रेस कर दे तो इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा तो जैसे कि आपके आंख के नीचे डार्क सर्कल बन जाता है तो आपका फेस देखने में खराब लगने लगता है तो अगर आप इस पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी का प्रयोग करते हैं तो आपका यह डार्क डार्क को दो से तीन चार दिन में यह आपको जड़ से हटा देगा तो अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इसका उपयोग कैसे करें और इसको आप कहां रखें और इसका चेतावनी यानी कि वार्निंग क्या है और इसका प्राइस क्या है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उपयोग कैसे करें अपने चेहरे को गीला करें, इसी को झाग चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से मालिश करें। और सेकंड क्वेश्चन है स्टोरेज यानी कि इस, इस फेस वॉश को कहा रखें? तो आप इस फेस वॉश को धूप और गर्मी से दूर रखें, यानी कि आप अपने घर में घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं जहां पर धूप, धूप और और गर्मी नहीं हो। इसका वार्निंग क्या है? जब आप इस का झाग बनाते हैं, तो ये अधी आपके आखों में संपर्क आ जाता है तो आप उसे पानी से तुरंत धो ले और सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इसका प्राइस है मात्र 79 तो तरफ से एक सजेस्ट है आप जब भी इस क्रीम या कोई भी सामान आप खरीदे तो पहले सबसे पहले उसका आप बनावटी डेट और इस, उसका एक्सपायरी डेट देख कर खरीदे तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप हमारा YouTube चैनल डायजोरियम Beauty को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल बेलाइकन को प्रेस कर दें, तो ऐसे क्या हो, होगा कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में तो आज के लिए बस इतना ही